दोस्तों आईपीएल हिस्ट्री के सबसे पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन है तो चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे तेज गेंदबाज तुषार देश नए नियम के अकॉर्डिंग आईपीएल इतिहास के पहले इंपैक्ट प्लेयर बन चुके हैं सत्ताईस साल के देश शुक्रवार को आईपीएल 2023 के ओपनिंग मैच के बाद सीएस की इनिंग्स के बाद अंबाती राइडू को रिप्लेस करते हुए पहले इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बन गए और रिप्लेस होने के बाद राइडू अब गुजरात टाइटन्स की इनिंग्स के दौरान फील्डिंग नहीं कर पाएंगे